हलो दोस्तों मेरा नाम किशोर कुमार तुम लोग देख रहे हैं केक ऑप्स हिंदी आज एक्सपल्स टू हंड्रेड वी स्पेसिफिकेशन और इनका माय पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोग से शेयर करेगा और वो शुरू करेगा ये गाड़ी का इंजन से स्टार्ट करेगा इंजन टाइप ऑयल कोल्ड फोर स्टॉप फोर वॉल्व सिंगल सिलेंडर ओ और डिस्प्लेसमेंट 199.6 सीसी नाइन ये गाड़ी का मैक्स पावर 19.1 पीएस वन पी एस एट थाउजेंड फाइव और मैक्स टॉर्क उजेंड फाइव 6500 RPM. सेल्फ स्टार्ट और किट दोनों मिला के आई है ये किक स्टार्ट कब यूज पे आता है मालूम नहीं होता है. मतलब इस जैसे अडवेंचर व्हीकल पे ये किक स्टार्ट ज्यादा यूजफुल है स्पीड ब्रेकर सभी आराम से क्रॉस करेगा ज़्यादा मुश्किल लेने का अगत्य नहीं है आराम से जा सकते एक्सपल्स 200 हंड्रेड का एक नेगेटिव इनका हेडलाइट है अभी ये वेरिएंट पे 21 वन परसेंटेज ब्राइटनेस इंक्रीज कर दी है देखेंगा इनका परफॉर्मेंस कैसा है ये व्हीकल इजी पे ओवरटेक कर सकते हायर गेयर पर भी लोअर स्पीड जा सकते ज़्यादा मुश्किल क्या भी नहीं है व्हीकल हाफ होने का सिमटम क्या भी नहीं देख रहे मैं थोड़ा हाइट कम है मतलब भी मैं कैसे सोच रहा हूँ वैसे जा सकता हूँ ये गाड़ी का फीचर्स सिंगल चैनल ए बी एस चार्जिंग पोर्ट एडजस्टेबल विंड स्क्रीन ये गाड़ी ऑन करने का समय पर रेल इंजेक्शन मोटर का आवाज़ आता है अच्छा है ना फुल्ली डिजिटल कंसोल पे आते ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्लूटूथ मोबाइल कनेक्टिविटी डिजिटल कंसोल आरपीएम मीटर स्पीडो मीटर क्लाक राइडिंग मोड टर्न बाय टर्न नेविगेशन गेयर पोजिशन इंडिकेटर पे आते तुम लोग लॉन्ग ट्रिप जाने का समय पे ये ब्लूटूथ मोबाइल कनेक्टिविटी और टर्न बाई टर्न नेविगेशन अच्छे काम पे आते है और सस्पेंशन का ऊपर देखेगा ये चैसेस टाइम टाइप पे आता है इनका बॉडी टाइप एडवेंचरर टूरिंग बाइक पे आता है सस्पेंशन पे टेलीस्कोपिक फ्रंट फ्रोक विध एंटी फ्रिक्शन बुश पे आतेर पे रेक्टेंगुलर स्विंग एडजस्टेबल सस्पेंशन पे आते ट्रांसमिशन का ऊपर देखेगा फ्रंट पे 190 एंटी एम रेयर पे 170 सेवेंटी एम है दिस विल एनहस यूर ड्राइविंग कॉन्फिडेंस ऑन पार्टोल्स एंड स्पीड ब्रेकर लेंथ 2222 mm. Width, 850 हाइट 1258 सैडल 825 ग्राउंड mm. 220 mm. 1410 वेट mm. 158 और व्हील पे यूज कर दिए गाड़ी का 38 से फोर्टी के इंक्रीज़ कर दिए सो so, इसीलिए ये अच्छे से ऑफ रोड पे टॉर्क जनरेट करते हैं टायर साइज फ्रंट व्हील 90 बाई नाइन्टी वन इंच रेयर व्हील 120 ट्वेंटी बाई एटी इंच इनका रेडिएटर साइज इंक्रीज कर दिए लॉन्ग ड्राइव करने का समय पे इंजन के कूलिंग करने के लिए ये यूज हो सकते हैं दिस व्हीकल एग्जॉस्ट इज अप स्विफ्टेड सो इफ यू आर क्रॉसिंग अ रिवर यू कैन एबल टू कम आउट ईजिली ये व्हीकल का अल्यूमिनियम स्कट प्लेट साइलेंसर और इंजन का प्रोटेक्शन के लिए है फ्रंट व्हील पे 190 नाइनटी mm सस्पेंशन ट्रांसमिशन है यही है रेयर व्हील पे 170 सेवेंटी mm ट्रांसमिशन है ये स्टॉक शॉक टेन स्टेप एडजस्टेबल है ये लोग हालोजिन बल्ब दे दिए ये गाड़ी का कलर पे बोलते हैं ब्लू और ब्लैक पे आते ब्लू और वाइट पे आते रेड और ब्लैक पे आते मैं ऑफ रोड ड्राइव कर रहा था देखो सनसेट अच्छे से है ना हमारा सब्सक्राइबर मिला था इफ़ यू आर एक्सपल्स ओनर ये गाड़ी का सिटी का माइलेज और हाईवे पे इनका माइलेज कैसे मिल रहा था वो कमेंट पे ऐड करो हमारा सब्सक्राइबर को यूज़ हो सकते हैं। देखो ये व्हीकल का हेडलाइट विजिबिलिटी कैसे है सिटी ट्रैफिक पे हम लोग आराम से ये गाड़ी यूज़ करके चलेगा अच्छे ब्रेकिंग भी है सिंगल चैनल एबीएस परफॉर्मेंस का बारे और एक बार बोलना चाहिए आ, एक घटना हो गई देखो सूपर आ गया गाड़ी मात्र ऑफ तो सर तुम्हारा शोरूम किधर है इस सर सर हमारा शोरूम बैंगलोर में वसरोड है ना? हाँ? नावड़ का पास से एचपी पेट्रोल पंप है hmm. उसके पास से, सर, बाजो, बाजो okay. hey, sir, है, है, है सर बाजू बाजू में ओके ई एम फैसिलिटीज है सर हमारा चार पांच एचडीएफसी ऐसा एफ सी आई सा बैंक है सर ओ बैंक है ओके थैंक यू सर थैंक यू वी हैव बोकुलयर हु मी टू टेक दिस फुटेज थैंक अ लॉट आई विल कैच यू इन अनदर वीडियो इफ़ यू लाइक दिस फुटेज लाइक इट यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल डू सब्सक्राइब I'll catch you in another video this is Kishore Kumar and this is Gokul bye you.